मैं पुलिस को फोन लगा दू हेलो हेलो पुलिस नहीं मैं सीआईडी से मिस्टर दया बात कर रहा हूँ अरे सॉरी गलती से लग गया मुझे पुलिस को कॉल लगाना था एक केस था केस केस के, के, केस केस ये सर हमें दे दो ये पुलिस प्लीज सर हमें दे दो अरे तुम्हें नहीं देना पुलिस को देना है अबे अबे सर सर सर सर सर बहुत दो ये केस नहीं आम, आम, नहीं हम हम आपको देंगे आप। बहुत है हमारे पे ऐसे <laughs> भी चूहे मार के खा रहे <laughs> अभी, जीती, अभी जीत ही अभी जीत सर हमारा काम चला रहे बेटर रुको ये पैसे तुम हमें दो हम तुम्हें एक का डबल करके देंगे अभी दे अपना काम का देना दे, दे सर सर प्लीज प्लीज मेरा नाम दया पर कोई भोसु का दया नहीं कर रहा मुझ पे पर <laughs> चला जा भासड़ी क्या चला जा <laughs> अभी जीत नाम है मेरा इंस्पेक्टर जीत <laughs> सर तुम्हें तुम्हारी अम्मी क्या कर, कर, कर रहा है दया इधर देख हमें ना पता है हम कैसे देखने आ रहे हैं अबे जी एक जबरदस्ती है चले जाया अरे दया ये खुल क्यों नहीं रही अरे बाप को दहेज में मिली थी चलो दया केस सोल्व करे कौन? हम CID से दया भी जीत तुमसे तो मना मना करा करा है मने कर था क्या केस है तुम्हारा जल्दी बताइए देखिए टाइम बहुत कम है हम लोगों पे और भी केसेस होते हैं हम पे तो पहले उन्हें निपटा लेकर देखिए जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे हमारे आगे हमसे केस आप सोल्व करवाओगे उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं दया बताओ बताओ दे फायदे भी हैं फायदे है। बहुत फायदे पहला आपको हम आप बेहिसाब डिस्काउंट पे केस निपटवाएंगे और दूसरा फायदा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे ऑन द स्पॉट ए साहब फांसी की सजा सुनाएंगे और तीसरा सबसे बड़ा फायदा हम नाश्ता नहीं कर रहे यहाँ तो करा कौन रे आती है वसीम देखो वसीम पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं ये सीआईडी वाले कुछ ठीक लग रहे हैं क्यों ना इनको केस दे दें चलो फिर दया और भी बहुत केस है अपने तो कोई एक केस ही थोड़ी है हाँ टाइम बर्बाद हुआ रुकिए हाँ ये केस हम आपको ही दे रहे हैं तो हमारा केस ये है कि आज से चार महीने पहले हमें एक डायमंड प्ले बटन मिला था यूट्यूब की तरफ से जो कि कोरियर वाला लेकर आ रहा था बीच में से ही किसी ने वो डायमंड प्ले बटन चुरा लिया दिन था सत्रह मई टाइम था तीन बज के मिनट तब से लेके आज तक हमारे हमारे फैंस हमें गालियां पक रहे हैं माँ बहन की तुम्हें देखो हमें हमारा डायमंड ला दो कैसे भी करके तो आपको किस किस पे शक है मुझे जरा नाम बता दीजिए उन सबके देखो भाई शक हमें कुछ लोगों पे है जिनके नाम तो ये केस हम 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा देंगे चले दे, भैया एसीपी साहब को भी उठाना रास्ते है जी सर दया ये है बीबीजी का घर दरवाजा तोड़ो मै दया क्या हुआ दया दया अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में मुठ मारने लगे हो क्या oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. अबे अब बुड्ढे वो साले बुड्ढे अबे तो घर की डोरबेल तक बात है तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ तक कैसे पहुंचाऊँ पैसन से आए पैसन की बात नहीं कर रहा हूँ इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ हटो दिखाता हूँ तुम्हें हटो आज दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दया ये दरवाजा तीन जगह से छुट्टेगा तीन, तीन जगह से एसीपी साहब निपटिया दिखा बुड्ढा कौन था ये ये पता न साला कौन बिगाड़ी है कोई बाबली गांड है बाबली गांड तो हम हैं बाप बाबली गांड तुम कौन हो हम सीआईडी आई डी से के शिट, शिट, हमें अंदर खाने से खबर मिली है कि आप आपका डायमंड प्ले प्ले बटन बटन? है। कौन सा डायमंड ओ ग बहुत सुअर एक्टिंग कर रहा है सत्रह मई को तीन बज के चौतीस मिनट पर आप कहा थे घर था अरे बताओ क्या कर रहे थे अरे बताइए क्या कर रहे थे बताओ भी भी जी क्या कर रहे थे आप को? अरे बताते क्यों नहीं हो अबे अग रहा था मतलब मतलब तुम्हारी बहुत बड़ा और निकल जाओ घर से अच्छा, है, भी भी जी, फुल फॉर्म क्या है? बहुत बड़ा गांडू मिल गया हैं हैं मिल गया बटन मिल गया बटन बीबी जी बहुत बड़ा बटन मिला बीबी जी आ अभिजीत क्या रिपोर्ट आई है सर ये आपकी एक्टर रिपोर्ट बता रही है कि आपका गंदा तीन जगह से टूटा जगह से जी सर अबे यार हमारे पास तो पैसे भी ना है अब कैसे होगा इलाज इस मामले में तो दया के मजे है क्यों, क्यों मजे है सर इधर देखो इस कंधे को देख रो अलग अलग तेरा कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा सिर्फ कंधे का यार दया तेरे मजे हैं भाई अबे इसके तो फिर भी मजे है मेरा इलाज कैसा होगा मेरे पास तो फूटी कोड़ी ना दो सौ रूपए ये कहाँ से? से भी हो? अब तो टंकी फूल होगी पैसन की मेरा इलाज होगा पेट्रोल डलेगा अब। डायमंड प्ले बटन का कुछ पता नहीं है कहाँ पर है पेट्रोल डीजल इलाज अगला नाम देस का स्कूल चलो चलो चलो तुम तो दोनों सोच रहे होगे कि मैंने स्कूल का गेट क्यों बंद करा हम तो ना सोच रहे पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा मैंने गेट इसलिए बंद किया है संजय और सुमित जब हमसे बचकर भागते हुए आएंगे गेट पर तो गेट मिलेगा उन्हें बंद और हम उन्हें दया दिमाग तो है एसीपी सर में अभी जी सर इसे बोलते हैं माइंड माइंड का खेल है ये। पर कोई नहीं तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है तुम सीखो मैं और अभिजीत क्लासरूम ढूंढने। दया, दया। तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। अबे यार, दया चला जा इंग्लिश ढूंढेपल इधर आ बुड्ढे। अबे तू अंदर जागा तभी तो ऊपर संजय मिलेगा अबे ये भौसले का सबको बता देगा कि दया ही संजय और चीख ले एडिटिंग में कटवा दूंगा जाओ सर संजय कौन है यहाँ मर्च दिया अरे ये तो बड़ा लग रही पूछिए इससे संजय डायमंड सर मुझे लग रही ये इंग्लिश का टीचर है इंग्लिश में पूछो संजय वेर इज अभिजीत डायमंड को इंग्लिश में क्या के क्या अरे सर, सर, को ही ही कहते हैं हैं। इंग्लिश में। नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हो, हो, हो, हो गवार सुअर तुम? बस बच्चे देख रहे संजय, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहरा है इसका मतलब समझे अभिजीत इसका क्या मतलब हो सकता है सर ये सुन नहीं सकता फी का किस पावली गांठ के साथ काम कर रही हूँ क्या कुछ कुछ नहीं सर मैं कह रहा हूं बोर्ड पे लिख के पूछो अब वह... बता लेनी संजय अरे सर कैसे बतागा वो आपने डायमंड क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया वो भी लगा देते हैं हमारे एसीपी साथ पे हाथ उठाता इतना। मैं CID की पावर हूं। अरे अरे अरे रुक जा। कह रही हूं निकल लो। तो केस का क्या? अरे केस गया मराने ने। सर। अरे सर। अरे सर दे अबे ये किस बंद कराएगे। के बंद के बुड्ढे करा था। बिल्कुल बेहकल दिमाग है दो गोड़ी का दिमाग देगा अबे पांच में गाड़ी दे लिए पहले खोल साहब ये संजय कहां पर है संजय तो क्लास में पढ़ा रहा है और सुमित लफाड़िया सुमित लफाड़िया संजय ने उसे चांद पर पहुंचा दिया था अभी पता चला है नासा की सेटे लाइट पर जबरदस्ती लटक कर आ गया वो अच्छा सर चलता हूँ दया आप दरवाजे तोड़ते हो ना जी सर तो दया वो ऊपर के दो क्लासरूम के दरवाजे तोड़ ले थे ये दो रुपए अच्छे तोड़े तो चौदह पंद्रह कीट हो रहे वो भी आपसे तोड़ रहा साहब पहली बार <laughs> पहली बार अपने टैलेंट पे काम मिला साहब <laughs> मैं काम कर दूंगा अच्छे तोड़ू तो मुझे काम देना सर चलता हूं तो क्या लोड़े दया वाले टूटने हैं आ, बड़ा मारा रे किस बात पे मार दिया था सर मो अरे मुझे ना पता डॉक्टर अबे बहुत बुरा मारा उसे खून की उल्टिया करिए था दया सर पर लिपट गया वो संजय मैं गया उड़के मैंने मारा भाई साहब सुपरमैन पंच एक में गेट के बाहर संजय और तो और दया उसे ये ना बताया कि किस बजे से मार मारे हैं उसे बस मारे जा रहे मारे जा रहे पर दर्द में तो तुम दोनों कर रहे देखो, दया मुठभेड़ में क्या होता है? जब दो गुट लड़ते हैं तो थोड़ी बहुत चोट दूसरे के भी लग जाती है पर सर जब मैं स्कूल से आया, संजय पहले से ज्यादा बढ़िया था दया इतना ध्यान अगर तुम भी हमें न लगा के ना केस में लगाओगे तो डायमंड हाथ में होगा याद करो क्या मिशन है तुम्हारा डायमंडम सर देखिए अगला नाम किसका है कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है इसका मतलब समझे दया इसका क्या मतलब हो सकता है सर ये लेट हो गए पर कोई नहीं आने दो इन्हें मुझसे कोई बचा थोड़ी है जो ये लोग बचेंगे हाँ आ रही है हेलो ठीक है ठीक है आ रहे हम अभी ठीक निकलो अर्जेंट किस है किसकी कॉल है दया क्लाइंट की खोलिया कुछ केस में नया मोड़ आया है वही वाह वा, कमरा बहुत बढ़िया बनाया है आ गए बैठ जाओ आ जाओ सर अबे बैठने को बोला है ना। तेल ना है मेरे पास यहाँ पे अजीब हफ्ती इंसान है बैठने को बोला है भाई सब तेल ना है। ओ, ओ, ओ, इ, इ, इ. अबे सुतरी के बैठने के लिए बोल रहे बैठ जाते कैसे करके वाह मखमल का सोफा डलवाया है एक नंबर ये क्या चुभरिया सोफे पे गिल्ली अबे लेनी थी इसकी देने क्यों लगा ये जानवर है? ये मुझे समझदार लग रहा हा भाई डायमंड तुमने चुराया अबे बोलता क्यों नहीं है बोल अबे ये क्या बवाल है कुछ तो गड़बड़ है दया दया तो गया अबे बोल, अबे बोल डायमंड प्ले बटन देखा है यू ना देखा हमने देखा है नागिन की है मेरी फोटो खेच लेता हूँ तो बता कैसा था देखो इतना तो बड़ा था और इतना ही मोटा था वो मैं, मैं जंगली हूँ जो मैं तुमसे मिलने आया पर रह गया सर अरे भी मुझे माफ करो मैं चला अपने घर बता अब कितने भी हाथ जोड़ ले माफ ये मांग ले साले बिना तेल के मारू हाँ सड़क तो आ इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया खैर कहां पर मिलेगा ये? में। सर, इतना खतरनाक आदमी है तो आपको एंट्री भी खतरनाक देनी पड़ेगी अरे सर, सर, सर, लगी तो नहीं बहुत लगी है दया, छह मैं तक कोई एंट्री नहीं दूंगा हाँ सर, पहन कर दो ये वाली एंट्री साले तू नहीं कहा था एंट्री देनी है सॉरी सर से लगवांगे ये एंट्री बढ़िया राकेश राकेश इधर बाहर निकल राकेश अपने आप को हमारे हवाले कर दो दया मुझे लग रहा यहाँ कोई ना चल <laughs> <चला। laughs> दया दया? ये क्या क्या चीज है है? पता ना किधर दयाजी राकेश बच्चों का डायमंड प्ले बटन <laughs> दे दे हमें ये मेरा बटन है मेरी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे ये मेरा हुआ साले, कैसे ना देगा तेरा दया दे रुको हम लेते हैं। एक रैप्टे में दे देगा डायमंड ये। oh, shit. Oh, shit. बात चीज से भी मिल सकता है कुछ हल इस चीज का राकेश भाई देखो समझौता कर लेते हैं बटन हमें दे शर्त तो, बताओ आप अपनी क्या हुआ सर देखो दया ये केस अपन हम नहीं कर रहे इसे। पर क्यों सर बहुत हार्ड केस है आज तक के इतिहास का सीआईडी का ये छोड़ो इसको हम नहीं कर रहे पर सर क्यों समझोते में तेरी गांड मांग रही है तो दे देंगे अबे तुझे देंगे हम साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा ये के आदमी देख चौदह हजार गेट तोड़े मैंने इससे नदी में मिलेगा सर ये हमें इसका बाप भी देगा। सर जब मैं उसे ले गया नीचे कि तेरा बाप भी डायमंड प्ले बटन देगा, तो मैंने उस पर पहले फेरी बुरी मार मेरे हाथ में लग गई थोड़ी सी तो सर फिर मैंने कही उससे पैंट उतार अपनी जो पैंट उतार के सर, सर इधर देखो सर बहुत ही बुरा मारा फिर मैंने उससे डायमंड प्ले बटन ये ऐसे ले लिया उंगली पे हूँ और मैं जो गया था वो अरे सर तुम एक ही रेपटे में मेरे न समझौते अल्फाज बदल दिए थे उनने साले नीले रंग के आदमी ने सर प्लीज यही स्टोरी रखना सबको टेंशन मत लेते किसी को पता नहीं चलेगा अल्फाज अलग ना हो सर अपने दोनों न नहीं, नहीं रिकॉर्ड कर लूँगा मैं और एसीपी सर को यही जागी रिपोर्ट हो तो रही है थैंक यू सो मच गाइज गाइज ये जो है डायमंड प्ले बटन ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमें मिला है क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ तक भी हम लोग पहुँचेंगे वो आप लोगों ने पहुँचाया है और ये एक सपना था सिर्फ जो आज हकीकत हो गया है तो फिर से थैंक यू सो मच गाइज ऐसे ही प्यार बनाए रखना एंड गाइज वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ करना और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द तक, तक के लिए खुदा हाफिज सब्सक्राइब कर देना इसको रख, दो। रख देता हूँ मैं